हर दिन आपके पास दो चॉइस होती है सुबह जल्दी उठने की बट आप जल्दी नहीं उठ पाते हैं आप सोते ही रहते हैं आप ड्रीम देख रहे हैं सोते हुए ड्रीम देख रहे हैं लेकिन वो ड्रीम आपको अगर अचीव करना है तो उसके लिए आपको जागना पड़ेगा और जाग इतनी मेहनत करनी पड़ेगी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि जब तक आप उसको पा ना तब तक आपको टूटना नहीं आप अपने वो को अप्रीशियट कर रोज अपने अगर आप कंसिस्टेंसली हार्ड वर्क करने लगोगे तो सक्सेस आपसेस तो की सबसे खास बात होती है कि वो मेहनत करने वालों को फिदा हो जाती है है ना तो मैं यही कहना चाहूंगा सुबह जल्दी उठिए अगर आप नहीं उठ पाते तो कुछ ना कुछ ऐसा करिए जिसकी वजह से आपको सुबह जल्दी उठने का मन करे मतलब सोच के अगर आपने माता पिता का चेहरा देखिए अगर आप, आप लाइफ में सक्सेस नहीं हुए तो लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा फर्क वे पॉज आपके माँ बाप को भी नहीं पड़ेगा क्योंकि होता वही है जो आप करते हो है ना फर्क केवल एक आदमी को पड़ेगा वो अब खुद हो वो आप खुदोगे क्योंकि आपकी सक्सेस से ना ही किसी को फर्क पड़ने वाला है आप सफल हुए हो आप सफल नहीं हुए हो किसी को घंटा ही फर्क नहीं पड़ने वाला सिर्फ आपको फर्क पड़ेगा अगर आप लाइफ में फेल हुए हो तो आप अपनी वजह से हुए हो अगर आप लाइफ में सक्सेस हुए हो तो आप अपनी वजह से हुए हो क्योंकि लाइफ में किसी का किसी बात तो का ग्रेड नहीं दे सकते है ना आप अपनी में आप हो सकते हो, और कोई आपको सक्सेस नहीं नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता, सकता बिकॉज़ इसलिए कि उठो इतनी करो, इतनी मेहनत मेहनत करो, करो तो जब तक आप अपने लक्ष्य को पाना लो क्योंकि हार्ड वर्क इज सक्सेस आपको तो तभी मिल सकती है होता है होगा करती रहती है टाइम तो ऐसा मैं अपनी लाइफ में होता है तो आप मेहनत करते रहते हो मेहनत करते रहती हूँ एक टाइम ऐसा आता है कि आप सक्सेस हो जाते हो और फिर सक्सेस के बाद आप अपना नाम